किसी का साथ पाना भी कभी आसान नहीं होता किसी के दूर जाने से ये दिल मीरा नहीं होता वजह कुछ और भी मिल जाती है दुनिया में जीने की